आप सभी को उपनाम हर्बल रेमेडीज ए नेचर्स ट्रेजर में आपका स्वागत है आज एक गंभीर समस्या से बात की शुरुआत करेंगे मित्रों हमारे देश में कोविड के बाद करीब ढाई करोड़ से ज़्यादा लोगों को थायरॉइड की समस्या हो गई तो आज मैं इस पे थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर करना चाहूँगा और उसके लिए एक रेमेडी उसका भी आपको एक्सप्लेसन ज़रूर करना चाहूँगा किस प्रकार से आप उसको ले सकते हैं साथियों होता क्या है कि जब हमें कोल्ड या कफ़ होता है या फीवर होता है या हमारे टंसिल्स में कोई इन्फ्लामेशन या मौसम बदलने के कारण कुछ बीमारी होती है कफ या कोल्ड की समस्या होती है तो हमारे जो गर्दन में दर्द हो जाता है हल्का हल्का हमें फ़ीवर रहता है थकान रहती है और हमें जब बुखार हो जाता है और बुखार से जब हम उससे बाहर आ जाते हैं तो दो से तीन सप्ते बाद ये जो गर्दन का दर्द होना और फायराइड ग्लैंड की जो स्वेलिंग हो जाती है उसमें इन्फ़्लामेशन हो जाती है और वो जो दर्द होता है वो हमारे जाड़ तक आता है गर्दन से लेकर जाड़ तक कानों तक आता है और उसमें हमें आवाज़ भी हमारी बदल जाती है आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है बहुत आवाज़ भारी हो जाती है ऐसी अवस्था में जब हम कभी उसको डायग्नोस कराते हैं तो वो सब एक्यूट थाइरोडाइटिस कहा जाता है इसको मेडिकल भाषा में जिसको सेट भी कहते हैं सब एक्यूट थारोडाइटिस ये बहुत कॉमन समस्या है और रेस्पायटी ट्रैक का जो इन्फेक्शन से जो ठीक हो जाते हैं अपर रेस्पायटी ट्रैक का जिनका इन्फेक्शन होता है जो ठीक हो जाते हैं उसके बाद थायराइड की समस्या ये हो जाती है तो ये बेसिकली ये टेम्प्रेरी कंडीशन होती है जिसमें कि T3, T4 का जो लेवल है बढ़ जाता है लेकिन अगर हम इसका मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये परमानेंट थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और ये थायरोटोक्सिकोशिस को हम कहेंगे इस थायरोटोक्सिकोशिस में क्या होता है कि टी थ्री टी फोर का लेवल बॉडी में इतना बढ़ जाता है जिसके लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक होते हैं इससे ग्रेव्स डिसीज़ भी हो जाती है जिसको टॉक्सिक गवाइटर कहते हैं इससे मल्टी नोडुलर गवाइटर भी हो जाता है जिसको प्लूबर डिसीज़ भी कहते हैं और टॉक्सिक एडिनोमा भी इससे हो जाता है तो ये जो थायरी है ये हाई लेवल ऑफ टी थ्री जो थायरॉयड स्टेम हॉर्मोन होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा इसका जो कारण है वो हमने आपको बताया कि सब एक्यूट थाइरोडाइटिस में अगर आप बहुत ज़्यादा दवाई लेते हैं जैसे कि लिवो लेते हैं तब ये थायरोटोक्सिकोसिस हो जाता है तो अब हमें क्या करना चाहिए कई बार कॉमन कोल्ड या फीवर के बाद इस तरह की अगर समस्या है पल्स रेट भी बढ़ जाता है एक सौ तक पहुँच जाता है हल्का हल्का बुखार भी रहता है फीवर के बाद और थायराइड भी आ जाता है तो ऐसे केस में थायराइड की मेडिकेशन लेने की बजाय हमें जो आप प्लांट देख पा रहे हैं स्टील एरिया स्टीलेरिया स्टील एरिया मेडिया इसकी आप ग्रीन टी बना के पीजिए दिन में एक बार और इसका जो टेस्ट है पालक जैसा होता है इसको चिकवीड भी कहते हैं कैरियोफाइलिसी फैमिली का है इसके अंदर स्टिल एरियोज पाया जाता है फ्लोनोइड पाए जाते हैं, हैंडल सेपोन पाए जाते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लामेट्री और नेचुरली थायराइड के हार्मोन का रेगुलेशन करते हैं ना कम ना ज़्यादा इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेशन का कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, टेंशन कैंसर ब्लड प्रेशर सभी में बहुत अच्छा कार्य करता है ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है इसको आप पहचानिए जानिए और इसको सुखा के रख लीजिए इसका पाउडर बना के रख लीजिए मॉर्निंग में एक कप ग्रीन टी पीजिए किसी भी प्रकार के थायराइड की मेडिकेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बहुत ही सेफ है और इसका जो जेनेसिज़ है वो हम आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर चुके हैं कॉमन कोल्ड के तीन सप्ते बाद आपने भी अपने आप को देखिए आप रिमाइंड कीजिए अपनी लाइफ को आपको समझ में आ जाएगा कि हमें थायराइड की समस्या कब से हुई जब आप कॉमन कोल्ड थे उसके तीन सप्ते बाद नॉर्मली सब एक्यूट थाइरोडाइटिस हो जाता है जो कि टेम्प्रेरी कंडीशन होती है उसमें किसी भी थायराइड की मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन अगर आपने ले ली है और आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको थायरोटोक्सिक्यूसिस होने की पूरी संभावनाएँ हैं इसके साथ साथ यह प्लांट डायरिया गेस्ट्रो डिसऑर्डर्स अस्थमा रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मीजल्स जॉन्डिस इन सब में भी अच्छा कार्य करता है क्योंकि तो उसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और फिनोलिक कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करते हैं यह है जो जानकारी आपको दी है अपने मित्रों के साथ साथियों जानकारी अपने मित्रों को साथियों को अपने संबंधियों को जरूर पहुँचाइए ताकि वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें इसको हिंदी में बुचबुचा कहा गया है आपके क्षेत्र में किस भाषा किस नाम से इसको पुकारा जाता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए ताकि ये जो ज्ञान है ये इसको हम कंज़र्व कर सकें इसको हम सुरक्षित रख सकें और आने वाले जनरेशन के लिए हम इसको सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ पहुँचाया जा सके आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार